देखो क्या ही बढ़िया मिला है। पाई, पाई, पाई। Friends, आपको भी इसका रीडिम चाहिए तो तो वॉच टिल एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अरे इंट्रो लगाओ। तो कैसा लगा इंट्रो अब चलते हैं हमारे फोन की स्क्रीन में

तो गाइज यहाँ पे हमको सर्च मारना है फ्री फायर रिवॉर्ड्स देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अब जो पहली फ्री फायर की गरेना के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है तो गाइज इस साइड पे आने के बाद जो मैं रिडीम कोड लगता हूँ वही आपको लिखना है वरना आपको वो रिवार्ड नहीं मिलेगा ठीक है तो ध्यान से देखिएगा रिडीम कोड तो गाइज रिडीम कोड डालने के बाद हमें कन्फर्म पर क्लिक करना है और देखो कॉन्ग्रेचुलेसन्स

और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है तो गाय लिखा हुआ है तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा ठीक है इस बात का ध्यान रखना तो गाइस चलिए हम है, चलते हैं सीधी गेम की स्क्रीन पे। वहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ अपने जिस भी आईडी से वहाँ पे लॉगिन किया था उस आई डी को ग तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और मुझे मिल गया है ठीक है तो क्या ही बढ़िया स्क्रीन दिखाई यहाँ पे और बहुत ही

मतलब बांग्लादेश के सर्वर में आई है ठीक है किसी को पता भी नहीं है अभी तक किसने ने वीडियो भी नहीं बनाया ठीक है मैं पहला ऐसा वीडियो बना रहा हूँ तो गाइस यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा गाइस ये रात के बारह बजे तक ये तो जल्दी से जल्दी जाके इसको रिडीम कीजिए आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा